सिंगरौली में विधायक रामलल्लू लल्लू वैश्य के द्वारा नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों को लिट्ठी चोखा और खिचड़ी खिलाई गई सिंगरौली विधायक रामलल्लू लल्लू वैश्य के द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमे सभी अतिथियों को लिट्टी चोखा और खिचड़ी खिलाई गई इस भव्य आयोजन पर विधायक राम लल्लू वैश्य ने बताया की नववर्ष मिलन समारोह का ये कार्यक्रम पहले ही किया जाना था लेकिन समय की व्यवस्था के कारण कार्यक्रम में देरी हुई इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता पूर्व विधायक देवसर जिला महामंत्री सहित सभी समाज सेवी उपस्थित रहे सभी ने पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंग की पूजा अर्चना की उसके बाद लिट्टी चोखा मिलन समारोह में शामिल हुए इस भव्य कार्यक्रम की व्यवस्था सिंगरौली विधायक के बड़े पुत्र पीएन एम वैश्य एवं वॉलीबॉल एसोसिएशन संघ के जिला अध्यक्ष बद्री नारायण वैश्य और स्वयं विधायक राम लल्लू वैश्य ने की सभी के के साथ पर आयोजन वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें